गाइस वेलकम बैक स्वागत है सभी का सुबह सुबह हमारे दिन की पहली वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर मैक्स जी से लूट पड़ गया होगा बट अभी है कैसा है? तो बहुत देखी थी। बाकी ये तो सभी नॉर्मल फ्री फायर ही लग रहा है मुझे तो सबसे पहले म्यूजिक बंद करते है उंड ओके okay, ये तो पूरी थ्री लॉबी है यार अरे वाह इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्लेयर शो ऑफ कर सकता है जैसे कोई इसके पास कोई कार् स्किन है जो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है तो जैसे मैं योगी कार स्किन यहाँ पे एक कर लेता हूँ ऑटो तो रोट्रीटमेंट लगा देते हैं अरे वाह लॉबी के पीछे में ही शोरूम हम आप बना सकते हैं <laughs> यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं अपना कोई भी फेवरेट वेपन तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कौन सा वेपन सबसे बढ़िया है डबल वेक्टर डबल वेक्टर नहीं हम लगाते हैं सब लोग बहुत ही हैवी वेपन लगाते हैं ना तो हम बहुत ही लाइट वेपन लगाएंगे ठीक है जिसको देखते ही लोग हंस जाए ये भी कोई सो करने वाली चीज़ है ऐसा बोलना चाहिए लोगों को हम लगाएंगे यहाँ पर जी एटीन ठीक है जी एटीन और यहाँ मैंने कार लगा दी है और चल कर देखते इसमें क्या क्या सीन है बाकी तो मुझे नॉर्मल लग रहा है जो हमारी फ्री फायर नॉर्मल आई है उसी से मैंने लॉग इन कराया सब कुछ सेम है और यहाँ पे अगर मैं किसी को बुलाऊ फ्री फायर अच्छा ये सब फ्री फायर मैक्स में ऑनलाइन तो नहीं है एक मिनट तो खुद ही पूछ लेता हैं इनसे हेलो तुम अभी फ्री फायर हो मैक्स में खेल लियो क्या हो अरे वाह यार गए इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब फ़्री फ़्री फ़ायर फ़ायर मैक्स मैक्स? के के बैठे हुए हैं। नाइस। तो अभी खेल के देखा तुमने हाँ? कैसा था? नहीं मैंने नहीं खेली अभी <laughs> चलो हम ही खेल कर देख लेते हैं शुरू हो जाए भाई पर लो भाई हम जैसे ही पहला गेम खेलने जा रहे थे वैसे ही गेम में पता नहीं कुछ दिक्कत था कि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ अब मैं दोबारा से गेम को रीस्टार्ट कर रहा हूँ देखते हैं क्या है इस सीन चलो भाई अब रैंक मैच ही शुरू करके देख लेते हैं सी तो शुरू हुआ ही नहीं पता नहीं क्या ही ग्लिश था कोई नहीं गाय होता अभी तो बिल्कुल नया गेम अभी अभी तो ये अंडे से बाहर आया है अभी ये बहुत कुछ सीखेगा सुबह सुबह पता है जब मैंने गेम खोला मेरे को गे लगा कि ये नॉर्मल फ्री फायर ही है क्योंकि सब लोग फ्री फायर मैक्स खेल रहे हैं फ्रेंड में भी <laughs> मेरे को लगा था सिर्फ मैं ही ऑनलाइन हूँ सुबह पीक में चलते हैं फिर कैसा गया चलो भाई पीक में चलेंगे तवाही मचाएंगे देखते हैं कितने लोग आते हैं फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रहा है अरे अरे अरे एक एक टीम आ रही है भाई, से भाई को सेट करने में कितना टाइम लगेगा ऐसी जलवा बिखेर सकता है, है। यार तू उसमें सब कुछ नॉर्मल तरह से हमारे नॉर्मल फ्री फायर मैच में होता है फिर मुझे अब ये पता चलास की सेटिंग अलग है यहाँ पे ये देखो तो ये सीन है ऑडियो स्टाइल को न्यू कर लेते हैं एनिमेशन न्यू कर लेते हैं बाकी सब कुछ ऑलरेडी ऑन है ही अब मेरे ख्याल से सब कुछ जैसे नॉर्मल फ्री फायर मैक्स में होता है वैसा चलेगा आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ मैंने मैं तो भी परेशान हो गया था तो मैंने कहा सब कुछ तो मेरा नॉर्मल फ्री फायर की तरह क्यों चल रहा है ये <laughs> सब लोग इतने मजे ले रहे हैं फ्री फायर मैक्स के और मेरे इसमें नॉर्मल फ्री फायर चल रहा है बाकी तो सब यहाँ पे बेसिक सेडिंग्स है तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब सी करके देखते हैं ठीक है सी रैंक मैक्स तो थोड़ा लंबा हो जाएगा पहले एक मैच ये करके देखते हैं तुम देखना नीचे करके भागेगा वो जैसे रहा हो तेरे इसमें भाई भाई डिफ़ॉल्ट ऑन था क्या? मेरे इसमें था मेरे मतलब ऑफ सब सब कुछ मेरा तो ऑटोमेटिकली है, में खेलता है तू। पाप <laughs> इसमें ग्राफिक्स मैक्स थे पहली सी या तुम्हें करे लोडिंग स्क्रीन आ गई मेरी बात भी कट गई कैसे कैसे दिन देखने को चिप्णारी, आ, चिप्णारी। अब आ रही नहीं आवाज अब भाग रहा है स्टाइल में <laughs> भाई इसने तो नया भी कर लिया पैसे वाले लोग है। अरे दा दा रे। ये इतना तो पैसा से आ रहा है मैं नहीं बताऊंगा पूरे भाई बिजली कड़क रही इधर तो ये है बिजली थोड़ी आसमान में वाग? अभी देखना तू बस आवाज नहीं आई बिजली है अरे वाह! तो रहा है। सेटिंग्स? कुछ कंट्रोल ही नहीं हो कैसे गिरा मैं घुटने टेकते हुए? रुको। देख इससे अच्छा तो बाहर चला लेता। अरे बिजली चलासी आ रही है मुझे। बिजली बहुत बढ़िया यार मेरे तो बिल्कुल प्राण ही सूख गए थे यहाँ पे <laughs> बिजली बिजली आ जा रही है स्क्रीन पे अपनी हालत खराब हो जाती है उस चक्कर में अरे बेस्ट यार हमारे इसमें भी टॉपअप दोनों के उसमें तुम दोनों भी दोस्त लग रहे हो सेम भाई तो अपना ही बोले जा रहा है सुन ही नहीं रहा है भाई भाई भाई <laughs> क्या ही आ भाई भाई भाई भाई बोलो बोलो अच्छा धन्यवाद यार यार हमारे से ही ही नहीं मांगूंगा ये चनीश क्या चल रहा फ्री फायर मैक्स तो समझ ही नहीं आ रहा आ मुझे इसमें कैसे मारेगा आवाज अलग अलग आ रही है भाई तुम दे तो दे बड़े खुश लग रहे हो यार अरे हेलो हाँ। भाई, भाई भाई वो यार मुझे कैसे भाग रहा है ये बंदा अरे यार खतरनाक हो गया इसका जो घुटने टिकने का स्टाइल है उसको मजा आया मेरे घुटने घुटने टेक दे यार सब लोग भाई ये तो बड़ा सही प्लेयर लग रहा है वो बैट बैट के मार रहा है घुमा दिया घुमा दिया अरे गजब यार ये हुई ना बात मजा आ गया भाई सारी मूवमेंट निकाल दी उसकी बहुत बढ़िया खेला भाई तुम बहुत भाई। ही बढ़िया खेलत रहित कहा से हो तुम अच्छा तभी इतना बढ़िया खेल रहित अरे नहीं, नहीं नहीं भाई झंडा लगा रखा नेपाल वाले तो हाँ ज्यादातर तो झंडे लगाते नाम के आगे तुमने क्यों नहीं लगाया तुमको आता नहीं होगा अभी झंडा लगाना भाई ये मैक्स में खेल रहा है सिंपल में में खेल रहा है मैक्स में है सब लोग हमारे सामने वाले भी सब मैक्स वाले अच्छा, और जो हमारे ऑनलाइन है सबके पास भाई नंबर्स से।, <laughs> से। भाई ये क्या खेल रहा हूँ मैं यार ये भाई इतनी Only yellow numbers में only yellow numbers में में मार दे रहा मैं पे एक भाई। नहीं ना ठीक देन्द है भाई अभी गेम में कैसे करू? उसके लिए तो में आना पड़ेगा ओ भाई सुबह सुबह बंदा सुबह सुबह सुबह दिन बन गया सुबह सुबह सब पांच बजे उठ जाते <laughs> मार तो। तो तो वाह, गन की क्या आवाज आ रही है तो वाह, क्या <laughs> अरे इसमें नहीं यार ग्रेनेड से मार अनीश अनीश दिया जल्दी आ भाई पीएच लास्ट बंदा जा ये तो बोट बना हुआ है भाई भाई भाई नहीं राउंड अरे ये तो मर गया और ये तो बोट बना हुआ है ये ये राउंड चले गया फिर हमारे हाथ से अरे नहीं भाई यार मैं इसकी ग्रेनेड से मर गया ना गड़बड़ हो गई वहां पे लड़की आ गई थी ये लड़की भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रही है ऐसा सही खेली लड़की अरे भर भर दिया भाई, भर दिया <laughs> भाई आ रहा है इसमें ये वाला राउंड इनका आखिरी बना देते हैं भाई आठ ये भर दो ये वाला राउंड यार पैसे ही नहीं है इसमें तो महंगी कर दी गन यूएम महंगी कर दी पंद्रह रुपए की है इसमें भाई साहब चलो चलो क्या ये भाग रहा रहा है है है भाई इसका एनिमेशन और इंप्रूव हो सकता है वैसे ग्लू कैसे लगा ओए मुझे मत मारो यार इसकी गन में से साउंड कैसे निकल रही है गोली की वही भाई इसने हेड मार दिया बहुत सही बहुत बढ़िया ओए लगा रहा, रहा है क्या अरे एक बंदा आ गया सामने बोट नहीं है वो बंदा है? ये देख सामने ही है यहां पे भाई से तो भाई ग्रेण ग्रेण दा। दा। हुए, दाौन हुए, दाौन हुए। भाई भाई भाई तो भर दिया अरे अरे डाउन डाउन हो हो गया गया बहुत लास्ट में उसके पास भाई बच मैंने दो कर दी सब कहा मार दे रहे हैं यार और यहाँ पे हमारी हो गई गुड़िया आई होगी ना बा हाँ भाई हाँ अनीश भाई मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा थैंक्स अनिस को रिक्वेस्ट भेज देते हैं चलोग मजा आ गया यार थोड़े बहुत ग्लिज थे बट फाइनली अभी गेम हम खेल पाए सक्सेसफुली वो बहुत अच्छी बात है और जीत भी गए विदाउट एनी सेल्लो मजा आ गया भाई मैं, वाली, मैं में खेला। और हम वाली सेटिंग में कितना ही ड्रैक कर दो भाई पैर से ऊपर एम नहीं जाएगा <laughs> जीरो मजा आया रैंक मैच में भी देखेंगे इसको बाद में अभी तो इसमें क्राफ्ट लैंड भी है क्राफ्ट लैंड जो है वो इसमें हम मैप बना सकते हैं उसको हम अपने अग्णी अग्णी सस्ता। में कवर करेंगे तो ला दिया यार